पुराने कपड़े हैं उनमें से कोई दे दो हाँ। आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता इसको बहुत अच्छी तरह आता है मास्टर है मास्टर तेरा नाम क्या है बांडिया। क्या डांडिया बांडिया बांडिया अच्छा डांडिया डांडिया देख आ? पहले तू जूता पॉलिश करना सी <laughs> न इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो चल मोची, <laughs> इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पॉलिश करता, तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता ये लो, ये, ये।, ये थोड़े से और पुराने जूते हैं। इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो और नए भी देंगे और कुछ जूते पैरों के साथ चढ़कर बाहर गए हैं जैसे वापिस आ जाएंगे वो भी देंगे तू कलेक्टर बनने वाला जो काम करके दिखाता हूँ फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ की एक के बाद एक काम देते जा रहे हो अच्छा ये बताओ तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है एक और काम तो मैं हरगिज नहीं करूंगा था? मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता बिल्कुल नहीं आता मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा नहीं, नहीं, कपड़े महंगे हैं जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे था? ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा दो किधर है एक बात बताओ यहाँ के लोगों ने पिछले दो साल से कपड़े नहीं धोए क्या फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं हाँ, हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो बुरे घर के कपड़े लाने दो और पड़ोसनों से भी लो उनके कपड़े उनको भी लाने दो ये सस्ता और अच्छा साबुन तो तो सांबूर एक बात बताओ इस घर में कितने परिवार रहते हैं पंद्रह सोलह परिवार हाँ तुझको घर क्यों बोलते है काम का नहीं तो तू रसी में सुखा दूंगा ये ये कुर्ता कुर्ता किस राक्षस राक्षस का का है? है। है। हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में में से और भी एक बड़ा नीचे आवाज बात कर ये लोग तो कुछ भी नहीं है असली साहब तो वो है मंगल सिंह चौहान गुजरात गए आने वाले हैं। है मैं खाड़ो नहीं नथी थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है नहीं जम्मू नहीं जम्मू गड्ढा खोद जाकर समझता नहीं मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा कपड़े धो दो मेरी हालत खराब हो रही ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो मैं मजदूर अरे पेट में खाड़ो पुरुआ का मतलब मालूम है क्या है वो खाना खाने के लिए बुला रहा था क्या भी काम कर। क्या खाना हाँ चोली की सब्जी है चपाती है और मिठाई में घुघरा है खाने में क्या था वो क्या बोलते गुजराती में घुरा है घाघरा घुंगरा घुघरा घुंगरा मैं तो कुछ और ही समझ रहा था अब कुछ नहीं हो सकता इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता ये भगवान क्या है एक बार सबका खाना हो जाए हाँ। कुछ खाना बचेगा तुम उनसे कह दूंगा वो तुमको बुला लेंगे ए, कुछ करो ना कुछ करो ना कर रहा है मेरी कर रहा पागल हो गए क्या अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया इसलिए होश को बैठा। अबे ये तेरा मालिक नहीं है ये बड़े साहब की खड़ो बहन के कपड़े हैं, जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे फाट डालेंगे हाँ छे? बो, बो, मुझे कपके तो तो पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले अब, म, मुझे क्या वो क्या क्या क्या बोला था उसने चोली मिल सकता है क्या घाघर चोली हाँ घाघर चोली घाघर चोली छोड़ी आप दो ना आप दो ना आपने जो अच्छा जो अच्छा अगर आपको इतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता या आप काका जल्दी जल्दी आओ हूँ मांगूचू मांगूचू आप दो तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी तभी तुम्हारी ये ये हालत बनी तो तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग मार मर के दाल ढोकली बनाते भी आ, अरे तुम्हें समाचार मिले रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया मारा, आ, भी वहा <laughs> रोता क्यों आप कहीं मां जाना? हाँ यहाँ बैठ बैठ यही मिलेगा मार। नहीं खाना ये ले, प्लेट ले दो ये किस जानवर की चमड़ी है नहीं चपाती है हाँ, तो इसे सूखा कैसे खाओ इसके साथ कुछ तो चाहिए अचार जो, हाँ, जो चले चार।, चार एक बेर चार ये क्या पाँच छा धोए क्या चौबीस घंटे कपड़े धो रहा हूँ भी साबुन से अभी हाथ भी में इस खाने के लिए आरी मिलेगी काटने के लिए शुक्र करो बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं लड़के अच्छे हैं बहुत मेहनती हैं यहाँ खाने में इतने देते हैं क्या अच्छा, तो तुम्हें होटल से खाना के दे। चल दी खाओ और काम पर चलो नहीं नहीं नहीं नहीं मुझे इतना मजबूत खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं क्यों? घूंगा बहरा है क्या हाँ गूंगा बहरा है लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है दे लस्सी लस्सी, मांग मांग मांग रहा रहा रहा है हाँ, चाये, चाये मांग रहा है, है। है चाय चाय चाय जो दो लाना। ये, ये वो बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं नहीं नहीं नहीं अब ये भी एक मेम साहब है लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी क्यों बहुत खाती है क्या नहीं बेचारी बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है श्रुति चलो चलो चलो चलो मेरे मेरे साथ साथ मुझे तुम्हें तो तुम्हें कुछ दिखाना है अरे तुम एक मेरे, चलो मेरे साथ, मैं तुम एक मैं आदमी से मिलवाना चाहती हूं। चलो, चलो ना ये देखो ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो या बहरा है या जी जी दवा का ये करके अब पका बना ले ये तो कल खाने को मिल नहीं वो सारा तेरे बर्दाश्त पे ले और मैं चला लूंगा ओ ओ ओ चल चल चल चल मालिक माफ कर दो मैंने आपको देखा नहीं अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आग के नीचे कैसे लगा नहीं नहीं, नहीं मैं तो इसको मार रहा था किसे इसे हाँ, इसे इस बेचारे गे जीव को जरा अब अब तुझे दिखाता मज़ा रुको ये पकड़ो पकड़ो अब तुम इसे मारो ए? ए? ए? सुनो बिल्कुल यहीं लगना चाहिए ये दूंगा मैं तेरा भाई साले ये तेरी छोड़ दे वो मंगल मंगल मंगल मंगल अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है वो आपके बड़े भाई का लड़का है। अरे मैं मानता मेरे बड़े भाई का लड़का है लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी बढ़कर है जो वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा तुमको भी खेलने की जगह क्या हुआ टांगे टूट गई तो हम लोग प्लास्टर करवा लेंगे तेरी टांग का प्लास्टर हो सकता है मंडप की टांग का प्लास्टर नहीं हो सकता ना ये सारी चीजें मेरी है मैं जब चाहूटूट झाल चल चल चल का, काटने को बोल था ये क्या कर रहा है सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा क्या हुआ अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ तुमको चाहिए क्या है अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा अरे इसको तो छोड़ इसको मैंने बांधा है अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते कर दी ए, है, है। क्या बांधा था इसने शादी के लिए बांधा था किसकी शादी श्रुति मैम साहब की अच्छा तो यह है श्रुति का पति है क्या बकवास कर रहा तू मरवा क्या अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है मैंने बांधा बांदे का मतलब शादी का मंडप उसने कोई बाईल नहीं क्या ये मंडप है मैंने तो सोचा घर है तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं साला ये घर नहीं महल है बड़े साका हुकुम था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो श्रुति मेम साहब की शादी है ना शादी कब है तारीख तो कब की निकल गई जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गयी शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में अबे कसम क्या तेरे से पूछ कर लेगा ऐसी ज्यादा भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना देखो जी, मत मुझे। पहले ही दो तीन शादी और एक मंदिर का त्योहार इन सब का एडवांस ले चुका हूँ ये मंडप खुल मुझे उधर लगाना है अगर तू इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो सच बोल रहा हूँ तो फिर ठीक है बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हाँ।, और हाँ अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए ये मत कहना मंडप को उसकी शादी के के तौर पे छोड़ दो अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति ने शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा नहीं नहीं करेगा? तो तो अच्छा हुआ तो शादी कपड़े दोते दोते मैं के लायक नहीं रहता लेकिन मैं चाहता हूं कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए नहीं तो मेरी शादी कब होगी तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है वो मुचड़ गई भी उसके लिए तुम्हें उस मच्छर को रास्ते से हटाना पड़ेगा बकवास बंद मेरी तो वो वो रूपा। रूपा? रूपा, रूपा बनियान बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप नहीं है वो तो चोली है, घर जो में जोर अरे जिसने तेरी पिटाई की थी आ, आ, आ, ए! क्या मारा हेटर बंद कर, कर रहा हूँ ये लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजे सुनाई दे रही है अरे छोटा चेतन या तो तुफी या तो फिर तू सो जाता आ रे ए हे सो जा क्या लाउड है चुप कर कुत्ते सो जा कोई है नहीं। अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो जब... बस बस ये बताओ ये नाटक क्यों किया तुमने ठीक है तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास चलो मेम साहब ये कहा गायब हो गया मैं यहां हूं हा? आपके चरणों में वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूं और कभी कभी सुन भी सकता हूं मैं थोड़ा अलग तरीके का घूंगा हूं सच बताऊ किडनी नहीं है। <laughs> तो क्यों है? है? है। तेरी किडनी क्या तेरे मुंह में है। नहीं नहीं, वो डॉक्टर ने कहा था, काम मां मत करना, तो तो दिल दौरा भी पड़ सकता है। तो चाचा ने कहा <laughs> गुग् मेरा बन जा इससे तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों का दिलासा भी मिलेगा प्लीज प्लीज जब तक मेरे चाचा पैसा लेके आते मुझे रहिए <laughs> किडनी वाले का दस आप लोग के मुझे और मत प्लीज़ अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला ना, तो मैं इस घर में रहने वाले एक गुजराती का पानी पीना बंद करवा दूंगा क्या वो कैसे मैं जहर खा के इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगा ठीक है ठीक है इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं लेकिन इस घर में अगर तुम्हारी असलियत किसी को पता चली ना तो अपनी दूसरी किडनी भी खो बैठोगे समझे चलो जाओ okay. <laughs> कल रात मेरे को एक सपना आया कैसा सपना सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठ कर दारू पी रहे थे और ये घूंगा बोला चुप कर पे कुत्ते यही बोला था ना इसने <laughs> तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बेटी दारू पी रहे थे तो मैं भी सुनूंगा ना मैं, कोई बहरा थोड़ी हूं। हाँ। मैं भी कितना बड़ा गदा हूँ <laughs> लेकिन अकबर तेरे सपने में समझ गया समझ गया, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ <laughs> गया आया रे, आया आया रे, आया हैं ये, ये देखो श्रुति करी की शादी तय हो गई मंगल ने ये फैक्स भेजा है श्रुति में जब आपकी शादी पक्की ए, हो गई नहीं हम लोग मिठाई लेकर जाएंगे फिर उसे बताएंगे चलो श्रुति श्रुति तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है <laughs> तुम तो उसकी चिंता मत करो दिकरी वो मंगल संभाल लेगा लो मुंह मीठा करो ले, ले दिकरा की दो कंपनियां और यहाँ की बहुत सारी जायदाद ने मांगी है, तो तो है न की, तो तो की जायदाद उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी और श्रुति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती तो क्या इस वजह से श्रुति मेमसा को हम पूरी जिंदगी घर में बिठा कर रखे मंगल तो बेचारी नक्की करे आशय ने बराबर मंगल बिना सोचे विचारे कोई फैसला करेगा ही नहीं वो बिचारा सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो श्रुति तारे तारा भाई बात लेवी जो ये। आप लोग समझ होता है तो हम सब की भलाई इसी में है की हम उसकी बात मान ले अरे, अरे ये क्या ये रोने का वक्त थोड़ी ना है चलो चलो चलो अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना चलो उठो ना उठो मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं मेरी शामत आई है क्या अरे कोई उनसे कुछ भी कहे लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो पागल हो गए पागल